प्यारे री एग्जाम होगा तो प्यारे साथियों के बाद ही री एग्जाम की पॉसिबिलिटीज बनती है अगर जाँच में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा पाया गया तो हो सकता है कि जिन जो जांच में फर्जी पाए गए उनको हटा दिया जाए और उन सेंटर्स पर दोबारा से कुछ किया जाए या फिर पूरी हो सकती है लेकिन ये सब जांच के बाद डिसाइड होगा तो आपसे अनुरोध है प्रार्थना है, है जांच के, के, के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है तो जितने हो सकता है उतने तथ्य आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं आप अधिक से अधिक तथ्य आप हमें प्रोवाइड करें तथ्य जो है आपके आएंगे तो हाई कोर्ट में रिट हो गई या किसी भी प्रक्रिया में मदद करेंगे पहले भर्ती की जांच होगी आप घबराए नहीं आपने मेहनत की है आपके नंबर इस बार अगर सही बने हैं मेहनत के बेस पर बने तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी इस बात विश्वास रखिए और प्रयास करिए ठीक है जांच के लिए आप तथ्यों को इकट्ठा करें और अगर जांच इस बेस पर जांच हुई और पाया गया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है तो प्रक्रिया हंड्रेड परसेंट होगी बिना जांच के निरस्तता मुझे पॉसिबल नहीं लगती है पहले जांच होगी आप जांच के लिए प्रयास करते रहें और आप विद्यार्थियों के साथ जुड़ जाएं आप हाई कोर्ट की रिटर्न याची बने लिए प्रयास करें पहले तथ्य देंगे तब हाई कोर्ट जाया जाएगा अधिक से अधिक तथ्य आप व्हाट्सएप करें कोई वीडियो कोई मार्क्सिट कोई फर्जीवाड़ा कोई ट्रिपल एससी पैट की मार्क्सिट कोई सेंटर की ऑडियो कुछ भी आपके पास है इस नंबर पर अवश्य भेजें हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे खड़े हैं और खड़े रहेंगे बढ़ती प्रक्रिया में अंतिम समय तक जब तक आपके कंधे पर दो सितारे नहीं होंगे नमस्कार बाबा जय हिंद